एवरी वन मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टेली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज मैं आप लोगों के मक्ष अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर बेसिक कोर्स में प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है जिसमें मैं एमएस पेंट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें मैंने लास्ट दो वीडियोज प्रोवाइड किए हैं पेंट से रिलेटेड पेंट पार्ट वन एंड पार्ट टू आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा तो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आप चैनल को देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब के तो सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेलाइकन आप जरूर प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं पेंट लास्ट क्लास के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारी जो लास्ट क्लास थी पेंट में मैंने इसमें पेंट का कंप्लीट पार्ट ऑफ विंडो बताया आपको फाइल मैन्यू के बारे में बताया होम के अंतर्गत मैंने आपको क्लिप बोर्ड इमेज टैप का कम्प्लीट ज्ञान आपको दिया है आज का मेरा टॉपिक है टूल्स टैब टूल्स टैप को हम पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा कलर्स टैप के बारे में बताएंगे बिकॉज हम कोई भी काम करेंगे तो कलर्स का इस्तेमाल करके ही करेंगे पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था आपको बट आज मैं टूल्स को पढ़ाने से पहले कलर स्टैप के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ तो आप देखें कल स्टैब में फर्स्ट है एक है कलर वन एंड कलर टू कलर वन एंड कलर टू का क्या मतलब है कलर वन को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर एंड कलर टू को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ देखिए आप लिख करके आ भी रहा है फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर और यहाँ जो आपका कलर बॉक्स है आपके सामने इसमें जो मोस्ट यूजबल कलर्स हैं वो आपके अवेलेबल हैं यहाँ से हम कलर का चुनाव कर सकते हैं यदि हमें फर्स्ट कलर चेंज करना है तो सेलेक्शन हम फर्स्ट कलर पर रखेंगे और किसी भी कलर पर हम क्लिक करेंगे तो कलर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा अगर हम सेकंड कलर पर सिलेक्शन रखते हैं कलर नंबर टू पर रखते हैं और हम किसी पर क्लिक करते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा बट ये इफेक्टिव कब होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं जब हमारा कलर वन फोरग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्टेड है तो हम कोई भी टूल लेकर के वर्क करेंगे या जैसे मैंने आप पेंसिल को सेलेक्ट कर लिया यदि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ आप देखें मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ एक कर्ब ड्रा कर रहा हूँ ग्रीन कलर में जो हमारा फोरग्राउंड कलर है कलर नंबर वन मीन्स जो पेपर होता है आपका जिस पर हमें ड्राइंग करना होता है जिस पर हमें इमेज बनानी होती है तो जो जो पेपर कलर होता है वो बैकग्राउंड कलर गर होता है और उसके ऊपर हम जो भी कलर लेकर के ड्राइंग करते हैं वो आपका फोरग्राउंड कलर होता है मीन्स जो ये प्रीसेट आपको दिख रहा है जो इमेज पिक्चर फाइल दिख रही है आपको उसके ऊपर हमने एक उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है या करवी लाइन ड्रॉ किया है मैंने पेंसिल के माध्यम से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं ये क्या है ये फोर ग्राउंड कलर है अगर हम सेलेक्शन फर्स्ट कलर पे रखे हुए हैं और किसी भी कलर को हम चुनते हैं तो फोर ग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से हम फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं कलर नंबर टू यदि हम इस पर सेलेक्शन करते हैं और यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं कोई भी दूसरा कलर इसके लिए कलर नंबर टू के लिए तो आप देखें वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है यहाँ हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमारा जो फोरग्राउंड कलर नंबर वन है वही शो कर रहा है मीन्स ये कब शो करेगा जब हम इस पेज को डिलीट करेंगे जो हमारे सामने पिक्चर फाइल दिख रही है एक पेपर है इस पेपर के नीचे का बैकग्राउंड अब क्या हो गया है एलो हो गया है जो हमने यहाँ से चुनाव कर लिया है वो बैकग्राउंड कलर है जो ये लेयर है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लें कंट्रोल ले करके सेलेक्ट ऑल करते हैं हम और हम डिलीट कर देते हैं जब हम डिलीट कर देंगे तो जो सेलेक्शन होगा आपके कलर टू का वही कलर यहाँ पर शो करेगा और आप देख पा रहे हैं इस पर भी आपका फोरग्राउंड कलर वही जो आपने रेड कलर ले रखा है वो रेड कलर इस पर पेंसिल के माध्यम से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं मींस जिस कलर में हमारी पिक्चर फाइल होती है वो बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर हम यदि कोई भी टूल के माध्यम से या सेप्स के माध्यम से या ब्रश के माध्यम से हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो आपका फोरग्राउंड कलर में ड्रॉ होता है कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही येलो हमने अगर चुन लिया है तो हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कुछ भी करते हैं पता नहीं चलता बट हमारी जो हमारे द्वारा ड्रॉ किया गया इमेज होगा या ड्रॉ किया गया कोई भी शेप होगा या लाइन होगी वो ड्रॉ होगी बट वो दिखेगा नहीं बिकॉज दोनों सेम कलर हो जाते हैं जैसे वाइट पेपर आप वाइट पेंसिल से आप या वाइट कलर से लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा इसलिए हमेशा जो आपका कलर नंबर वन होगा और कलर नंबर टू होगा डिफरेंट होंगे दोनों तभी आप कर पाएंगे वर्क को तभी उसको अच्छे तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे इसीलिए दो कलर यहाँ दिए गए हैं तो एक हो गया आपका फोरग्राउंड कलर एक हो गया आपका बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर में अगर हम जा करके इसको फिर से वाइट कर लेते हैं और सेलेक्ट डाल करके डिलीट कर लेते हैं तो हमारा फिर से जो पिक्चर फाइल है वो व्हाइट में आ जाएगा और हमारा जो फोरग्राउंड कलर होगा वो मैंने यहाँ पर मरून ले लिया है तो मरून आ रहा है आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसमें बगल में ही देख पा रहे हैं आप एडिट कलर्स मीन्स ये जो आपका कलर बॉक्स है यदि इससे ज़्यादा कलर की हमें ज़रूरत है तो हम एडिट कलर के माध्यम से हम यहाँ एडिट कलर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग आ जाएगा एडिट कलर का जहाँ से हम कलर को चुन सकते हैं ये आपका जो सेलेक्टर है कलर सेलेक्टर हम कहीं भी रख दें और ये आप ट्रेंगल आप देख पा रहे हैं इससे हम डार्क और लाइट कर सकते हैं पॉइंटर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो कलर चुना जा रहा है जो आपका लाइट या डार्क बन रहा है कलर वो यहाँ पर शो होगा हम यहीं से जान पाएंगे हमने क्या सिलेक्शन लिया या कितना डार्क या कितना लाइट कलर हमें चाहिए होगा यहाँ आप देख पा रहे हैं हम डार्क एंड लाइट कर सकते हैं अगर हम इतना करना चाहते हैं और इसको हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड टू कस्टम कलर आप देखेंगे यहाँ कस्टम कलर ऐड हो गया और जब अभी हम यहाँ ओके करेंगे तो ये कस्टम कलर यहाँ पर ऐड हो कर आ जाएगा आप देखें ओके करते हैं तो इस तरह से हम एक नया कलर बना सकते हैं तो यह है कलर बॉक्स का यूज अगर हमारे यहां से कलर हम यूज करते हैं इससे ज्यादा कलर की जरूरत है तो एडिट कलर्स के माध्यम से हम और कलर ला सकते हैं आई होप आपको ये कलर बॉक्स समझ में आ गया होगा हम चलते हैं टूल्स टैब में और एक, एक टूल्स को समझते हैं उनका वर्क हम कैसे करते हैं उसको हम यूज कैसे करते हैं केयरफुली आप लोग देखेंगे फिर आपको किसी और क्लास की जरूरत नहीं होगी यदि आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और पेंसिल को यूज़ करने के लिए आप देखें जैसे ही मैंने पेंसिल को सेलेक्ट किया है यहाँ पर आपका साइज हाईलाइट हो गया है इसका शॉर्टकट आप देख पा रहे हैं साइज़ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस आप प्रेस करेंगे और साइज को कम करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस ठीक है ना तो यहाँ से अपनी पेंसिल का साइज आप बढ़ा सकते हैं साइज़ को कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं फोर पिक्सल्स इसमें मैक्सिमम है इसको ले लिया आपने आप एक मोटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मतलब एक थिक लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे या करब ड्रापर कर पाएंगे या कुछ भी लिखना चाहते हैं पेंसिल से जो भी कुछ आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं पेंसिल आप जितना आप चलाओगे आपका कमांड हो जाएगा आपके माउस पर और आप अच्छे तरीके से कोई भी ड्राॅइंग या कोई भी कोई भी लाइन या कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम डिलीट कर लेते हैं अब हम अगला टूल देखते हैं अगला है फिल विथ कलर फिल विथ कलर का क्या यूज़ होता है अगर हम फिल विथ कलर को उठाते हैं तो हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं मीन्स जहां सिलेक्शन हमारा फोरग्राउंड पर होगा वो कलर हम डायरेक्ट फिल कर सकते हैं हम अंडू कर लेंगे कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते हैं तो अंडू हो जाता है आप ध्यान देंगे हम एक सेप बना ले रहे हैं यहाँ से और भी कोई एक आध सेप हम और बना ले रहे हैं हम एक दो सेप यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूं फिल कलर का फ़ायदा क्या होता है फिल कलर आपने लिया और आपने कोई भी कलर यहां से बदल दिया चेंज कर लिया और इस पर जाकर के आपने क्लिक कर दिया वो फिल हो गया मान लेते हैं अगर हमने फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर में कोई भी कलर चुना और उसको हमें यहां फिल करना है तो हम माउस की राइट बटन को प्रेस करेंगे तो हम फिल कर सकते हैं मीन्स अगर बैकग्राउंड कलर को फिल करना है तो हम राइट बटन को क्लिक करेंगे माउस के और अगर हमें फोरग्राउंड कलर को फिल करना है तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का जो हमें कलर फिल करना है इस तरीके से हम कोई भी कलर फोरग्राउंड का चेंज कर लेंगे फोरग्राउंड का कोई भी कलर चेंज करेंगे इस तरह से हम फिल कर पाएंगे लेफ्ट क्लिक करके अगर हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो हम राइट right क्लिक कर देंगे बैकग्राउंड कलर फिल होकर के आ जाएगा मीन्स फिल विथ कलर टूल का यूज़ हम लेफ्ट क्लिक से फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए करते हैं और राइट right क्लिक करके हम बैकग्राउंड को फिल करने का वर्क करते हैं कोई भी सेप हमने ले रखा है उसमें हम कलर को फिल कर सकते हैं अगला आप देखेंगे टेक्स्ट अभी मैं टेक्स्ट को जैसे ही चुनूंगा यहाँ से टेक्स्ट को हम यहाँ पर जहाँ भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट एक तो आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप की की मदद से टैक्स को लिख सकते हैं जैसे हमने टेक्स का एक क्राइटेरिया लिया तुरंत तो टेक्स्ट का एक मेनू ओपन हुआ और उससे रिलेटेड रिवन में उसके ऑप्शंस आ गए मींस हम यहां से कुछ भी लिख सकते हैं जो कलर आपका सेलेक्ट है हमने कीर्ति को लिख लिया इस कलर से अगर हम यहां से कलर चेंज करते हैं तो आगे हमको लिखना है हम अलग अलग कलर में इसको लिख सकते हैं यहां तक कि हम एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कलर में लिख सकते हैं इस तरह से हम लिखने का वर्क कर सकते हैं अगर आप देखें यहाँ से हमें फ़ॉन्ट को चेंज करना हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और कोई भी फॉन्ट हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं फॉन्ट को हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं इटैलिक हो जाएगा अटैलिक हटा दिया अंडर दे सकते हैं हटा सकते हैं जो जिस कलर में होगा उसमें उसी कलर का अंडर लग जाएगा और यहाँ से हम चाहें तो स्ट्रिक थ्रू लाइन बीच में कट लाइन देना चाहते हैं तो हम एक स्टाइल इसको प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो कोई नहीं इसमें आप देखें दो ऑप्शन है एक ऑपिक है और एक ट्रांसपेरेंट है दोनों का अलग अलग यूज है जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और टेक्स्ट को यहाँ पर उठा करके हम किसी भी शेप पर ले जा के रख रहे हैं हम इसको उठाएँगे और यहाँ पर ले जा के रखेंगे आप देख रहे हैं कलर आ रहा है और कलर में हम जाएँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन कर दें तो आप देख पा रहे हैं जो बैकग्राउंड कलर है वो हट गया मीन्स जो हमने अभी उठाया तो ये जो बैकग्राउंड कलर है आपका वो उस टेक्स्ट के साथ उठ करके आ गया क्योंकि जितना क्राइटेरिया हम सिलेक्ट किया उसको हम उठाएंगे तो उतना कट जाता है तो उसके साथ बैकग्राउंड आया था और हमने ट्रांसपेरेंट यहाँ जाकर के कर दिया ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी तो पारदर्शिता आ गई मतलब नीचे का बैकग्राउंड आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं इसके साथ जो भी आपका बैकग्राउंड है अब आपको केवल टेक्स्ट आपका दिख रहा है आप उसके साथ जो बैकग्राउंड था वो नहीं दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट स्टाइल है यही वर्क हम इसके साथ करते हैं अंडू कर लेंगे हम यही वर्क जब हम टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट को हम यहां पर लिखना चाहते हैं इसको हम ड्रॉ कर देते हैं और हम लिखते हैं हमने टेक्सट लिखा टेक्स्ट लिखते टाइम पर आप देखें एक है ऑपिक और एक है ट्रांसपेरेंट अगर हम ऑपिक कर लेंगे तो बैकग्राउंड उठ करके आएगा और ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो बैकग्राउंड उठ करके नहीं आएगा मींस ये हम तुरंत कर सकते जहां लिख रहे हैं वहां के लिए भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम किसी सेप पर लिखना चाहें तो हम उस सेप पर लिख सकते हैं आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने तो आपका पीछे का जो बैकग्राउंड या जो सेप है वह दिख रहा है अगर हम ऑपेक लगा देते हैं तो जो बैकग्राउंड आपका कलर टू सेलेक्ट है वो दिखने लगेगा आई होप आपको ऑपेक एंड ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं बैक। अब हम देख लेते हैं अगला ऑप्शन है इरेजर इरेजर का एक बेसिक वर्क है बचपन से ही बच्चे इसका यूज़ करते हैं इरेजर मिटाता है इरेज करता है इरेजर की साइज़ को बड़ा करना है तो हम यहाँ से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और इरेजर को यहाँ से बड़ा कर लिया सबका शॉर्टकट उसका भी कंट्रोल प्लस होता है इरेजर से हम कुछ भी मिटा सकते हैं जैसे हमने कोई टैक्स लिखा है उसको भी हम मिटा सकते हैं मीन्स जो आपके पिक्चर फाइल पर कोई भी आर्ट किया गया है कुछ भी ड्रॉइंग की गई है कुछ भी बनाया गया है उसको हम इरेजर के माध्यम से मिटा सकते हैं इरेज कर सकते हैं अंडू कर देंगे अगला टूल है आपका कलर पिकर कलर को उठाने का काम करता है ड्रॉपर है ये यहां से जैसे हमारा सिलेक्शन अभी फोरग्राउंड में आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर है आपका तो हम यहां से अगर पिकर से उठाएंगे तो डायरेक्ट कलर चेंज हो जाएगा हमें कलर बॉक्स पर जाने की जरूरत नहीं देखिए मैंने कलर रेड पर क्लिक किया तो कलर आ गया इसकी मदद से हम कहीं भी कलर को डाल सकते हैं देखिए रेड कलर मैंने यहां डाल दिया या हम अलग जगह पर इस पर भी रेड कलर डालना चाहते हैं रेड कलर इसके आउटलाइन पर मैंने डाल दिया हम क्या करते हैं पिकर को लेते हैं और हम यहाँ से ये यह कलर को उठाते हैं आप देख पा रहे हैं फोर में कलर का सिलेक्शन हो गया मीन्स अगर हमारा फोर ग्राउंड पर होगा तो फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा अगर बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके रखेंगे मतलब कलर टू को सेलेक्ट करके रखेंगे तो पिकर से कलर उठाने पर वो चेंज हो जाएगा इस तरह से हम कोई भी कलर यहां पर फिलविथ कलर के माध्यम से उसको हम कलर को भर सकते हैं और कलर पिकर के माध्यम से कलर को हम उठा सकते हैं अगला ऑप्शन है आपका मैग्नीफायर मैग्नीफायर से हम इसको जूम करके देख सकते हैं जो भी हमने लिखा है बनाया है इस तरह से हम जूमिंग को बढ़ा सकते हैं जूमिंग को हम बढ़ाते जाएंगे आप देखें व्यू में एक ऑप्शन है जूम यहाँ से जूमिंग को बढ़ाने का तरीका आपको बताया गया डायरेक्ट हम जूम को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे स्लाइडर भी है जो मैक्सिमम जूम है 800 है और मिनिमम जूम आप देख पा रहे हैं ट्वेल्व ये मिनिमम जूम है यहाँ से हम हंड्रेड करेंगे तो आपके सामने आपका पिक्चर फाइल सो कर जाएगा अभी मैं आपको व्यू बाद में बताऊंगा अभी मैं मैग्नीफायर को ले रहा हूं okay. और मैग्नीफायर को हम यहां पर ला करके किसी भी शेप पर क्लिक कर देते हैं तो उसको हम बढ़ा करके देख सकते हैं क्लिक करते जाएंगे अगर यहाँ राइट क्लिक करते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे माउस का तो ये बढ़ता जाएगा तो इस तरह से हम मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नीफायर का यूज़ हम करके जैसे यहाँ देखिए हमने इसको इरेज किया हुआ है हम यहाँ देखना चाहते हैं क्या क्या इरेज हुआ है तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं या हमने कोई भी इमेज या कोई भी ड्रॉइंग बनाई हुई है उसमें कहीं कट लगा है तो वो जैसे अभी हम देखिए पेंसिल से कुछ भी बनाते हैं पेंसिल से हम बना रहे हैं अगर थोड़ा सा भी ये छोड़ दिया है बीच में थोड़ा सा गैप अगर हम इसमें डाल देते हैं गैप दे देते हैं और इसमें यदि हम कोई भी कलर डालते हैं तो कलर पूरे में फिल हो जाएगा मीन्स कट है ये कट हमने बड़ा करा हुआ है तो दिख रहा है हमें अगर हम यहाँ से जाएँ और इसका माइनस कर दें यहाँ से जूम कम कर दें तो शायद ये हमें कट ना पता चले तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से इसको जूम कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें कट लगा हुआ है और उस कट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर लेते हैं और उस कट को हम यहाँ से पेंसिल के माध्यम से भर देते हैं फिर हम यहाँ से फिलवित कलर को लेते हैं और कलर को चेंज करते हैं और यहाँ डाल देते हैं तो कलर भर के आ जाता है मीन्स कलर फिर नहीं फैलता है तो इस तरह से हम मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर लेते हैं अगला हम देखते हैं ब्रश अब आप देख पा रहे हैं ब्रश जो है वो इसमें कई सारे इसमें ट्रेंगल पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है इसमें ब्रश के प्रकार हैं मतलब आप कोई भी कलर का चुनाव कर रहे हैं उस कलर से आप ब्रश से कुछ भी पेंट करना चाहते हैं कुछ भी भरना चाहते हैं कोई भी आपने ड्राइंग किया है उसमें आपको कलर भरना है ब्रश के माध्यम से तो ब्रश के कई इफेक्ट हैं फर्स्ट तो ब्रश है जो आपने कलर लिया उसी में करेगा सेकेंड आप देख पा रहे हैं कैलीग्राफिक ब्रश है जैसे हम लिखते हैं तो इसमें ये कैलीग्राफी जैसे ब्रश को टेढ़ा करते हैं हम लोग इस तरह से हम ड्राइंग हम कर सकते हैं ब्रश को कोई भी आर्ट हम कर सकते हैं इसमें अलग अलग फॉर्मेट ब्रश के दिए हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं कैलीग्राफी ब्रश टू दो टाइप के ब्रश हैं आप अलग अलग डायरेक्शन में इसको आप ले सकते हैं ब्रश को कैलीग्राफी आपका फर्स्ट है एंड कैलीग्राफी सेकेंड आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन इसका क्या है हम थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं ब्रश का तो आपको दिख लगेगा देखिए ये डायरेक्शन इस तरह का है और अगर हम कैलीग्राफी टू ले लेते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा इसमें आप देखें इसका डायरेक्शन अलग तरीके से दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है। मींस हम ब्रश को यहाँ से कई टाइप के ब्रश जैसे एक ड्राइंग करने वाला या एक पेंटर के पास अलग अलग प्रकार के ब्रश होते हैं उसी तरीके से यहाँ ब्रश के कई प्रकार दिए गए हैं यहाँ है आपका एयर ब्रश एयर ब्रश से फुआरे का, का काम करते हैं अगर हमें कोई भी एयर ब्रश फॉर्मेट डॉटेड डॉटेड में करके लिखना है या बनाना है या कोई भी ड्राइंग या कलर फिल करना है तो हम यहां से एयर ब्रश फॉर्मेट लेते हैं आप देख पा रहे हैं हम इसमें से बड़ा बड़ा एयर ब्रश से ऐसे डॉटेड डॉटेड में हम फिल कर सकते हैं फिर हम ब्रश में जाते हैं और अगला ब्रश का फॉर्मेट है ऑयल ब्रश ऑयल ब्रश एक अलग टाइप का ब्रश है आप देखें इसका कलर किस तरह से आ रहा है ये ऑयल ब्रश फॉर्मेट है सब ब्रश के बारे में इसको आप लोग यूज करेंगे इसकी ड्राॅइंग आप करेंगे वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए हम कोई ड्रॉइंग करके नहीं दिखा रहे हैं हर एक ब्रश के बारे में बता रहे हैं आपको और ये ब्रश जो हमारा चुना हुआ है ये ब्रशेस में आप जाएंगे यहाँ पर ये जो आपका ब्रश है ये आप क्रेयॉन ब्रश है इस क्रेयॉन ब्रश को आप देख पा रहे हैं जैसे ही कट टाइप में बना हुआ है एयर ब्रश के ही फॉर्मेट में थोड़ा सा है लेकिन ये इसका सैड अलग आ रहा है नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अगला आपका मार्कर ब्रश है जैसे हम मार्कर से लिखने का काम करते हैं उस तरह से मार्कर ब्रश को हम यूज़ करते हम इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं फिर हम एक एक ब्रश को चेक करते हैं मार्कर ब्रश ले लेंगे कोई भी कलर हमने यहाँ से ले लिया उसी मार्कर ब्रश से कलर को अगर हम किसी एक ही जगह पर मार्कर को बार बार चलाते हैं देखिए वो डार्क हो जाता है ऐसे ही यहाँ पर आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ हम जाएँगे नेक्स्ट फॉर्मेट है ये आपका है नेचुरल पेंसिल फॉर्मेट में ब्रश है मतलब पतला वाला ब्रश है राउंड शेप में जो होता है इस तरह से आप पेंसिल फॉर्मेट में इसको यूज कर सकते हैं इसके भी साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे पेंसिल का कलर भरा जाता है तो थोड़ा सा वो सेड फॉर्मेट लेकर के आता है उसी तरीके से आपका देख पा रहे हैं अगला आप देखेंगे यहाँ पर वाटर कलर ब्रश है आपका वाटर कलर आप जानते हैं बचपन में आपने बॉर्ड ड्राॅइंग किया होगा तो यहां से आप देखिए वाटर कलर फॉर्मेट में आपको आ रहा है मीन्स एक ही कलर से हम ब्रशेस के माध्यम से अलग अलग इफेक्ट ला सकते हैं सुविधा आपके लिए है सेलेक्ट ऑल करके इसको हटा देते हैं आई होप आपको ब्रसेस समझ में आया होगा सेप्स पर हम आ जाएंगे आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे सेप्स हैं अगर हमें ड्राॅइंग नहीं हम कर पा रहे हैं ज्यादा तो हम डायरेक्ट सेप ले लें और उसमें हम कोई भी इफेक्ट लाएं जब हम किसी भी शेप को चुनते हैं तो साइड में आउटलाइन एंड फिल कलर हाईलाइट हो जाता है अगर हमें आउटलाइन का कलर चेंज करना है कोई भी हम सॉलिड में ले रहे हैं या जिस भी फॉर्मेट में हम ले रहे हैं हालांकि सेलेक्शन होना चाहिए जैसे हमने कोई भी यहां से ले लिया अलग से ये सेप ले लिया और हमने वहाँ क्रेऑन किया था इसलिए क्रेऑन कलर में आ गया मींस जो हम कलर चुनेंगे उस कलर में हम इसको ले सकते हैं ऑयल में ले सकते हैं वाटर कलर ले सकते हैं जिस कलर में आप चाहेंगे ले सकते हैं और फिल कलर अगर हमें करना है तो हम अलग अलग टाइप का कलर फिल कर सकते हैं मार्कर कलर है या ऑयल कलर है या नेचुरल पेंसिल कलर लेना चाहते हैं तो हम इसमें फिल कलर्स के माध्यम से हम इसको भर सकते हैं आप देख पा रहे हैं पेंसिल कलर फॉर्मेट में ये भरा जा रहा है जो हमने वहाँ से लिया है इस तरह से हम कोई भी फिल स्टाइल दे सकते हैं मींस जब हमारा सेप सिलेक्शन होगा तभी हमारे ये दोनों एक्टिव होंगे और इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमने कोई भी कलर चुन लिया है पर और उस कलर के बाद हम यहाँ से फिल में अलग अलग स्टाइल लेते हैं वो अलग स्टाइल हम यहाँ पर भर सकते हैं इस तरह से. आई होप आपको सेप्स और आउटलाइन कलर एंड फिल कलर समझ में आ गया होगा आज के क्लास में बस इतना आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी सारे ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद